मंजिल इंसान के हौसले आज से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत मत हारना ही इंसान को चलना सिखाती है। नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता ठीक उसी तरह परिस्थितियों में कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता